दबंगों की दबंगाई से परेशान होकर एक परिवार ने सड़क पर इंसाफ की गुहार लगाई है पीड़ित परिवार का कहना है कि दबंग उनके घर आकर तोड़फोड़ कर रहे हैं उनके साथ मारपीट कर रहे हैं फिर भी प्रशासन उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है बल्कि वह उल्टा हमारे ऊपर ही कार्रवाई कर हमें परेशान कर रहे हैं देहरादून स्थित अंसल ग्रीन सोसाइटी में रहने वाले सचिव प्रवीण भारद्वाज ने भाजपा के पार्षदों की दबंगाई से दुखी होकर राष्ट्रपति से पहले इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है अब उन्होंने अपनी पत्नी के साथ हाथों में पोस्टर लेकर सड़क पर मदद की गुहार लगाई प्रवीण भारद्वाज ने बताया कि पार्षदों ने गुंडों के साथ आकर उनके घर में तोड़फोड़ की और उनके परिवार के साथ पर कार्यवाही नहीं की गई उल्टा पुलिस प्रशासन उनके परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है प्रवीण भारद्वाज ने बताया कि हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है मुझे मजबूर होकर सड़कों पर घूम घूम जनता के बीच अपना दुखड़ा बताना पड़ रहा है ताकि हमारी आवाज ऊंचे पदों पर बैठे नेताओं व अधिकारियों तक पहुंच जाए और हमें इंसाफ मिले हमारी सोसाइटी की जमीन इन पार्षदों ने कब्जा की थी जिसके लिए सोसाइटी की तरफ से सचिव होने के कारण आदेश कर दिए था। उसके विरोध में एक ये सारे पार्षद गणेश जोशी का संरक्षण प्राप्त क्रिकेट मंत्री जो है पूर्ण पूर्व से जो ओल्डरबास का संरक्षण प्राप्त है इनको इसके बाद में मेंयर गामा का संरक्षण प्राप्त हूँ इस कारण इन लोगों ने एक प्राइवेट जेसीबी मशीन करी और प्राइवेट जेसीबी मशीन करने के बाद में सत्तर अस्सी लोगों के साथ में इन लोगों ने मेरे घर पर हमला करा मेरे घर पर हमला करने के बाद में इन लोगों ने जे मशीन से आप सुनिए प्राइवेट जे मशीन से राजधानी जैसी इलाका में ना किसी का घट तोड़ रहे और इंग्लिश प्रशासन बिल्कुल शांत बैठा हुआ इंग्लिश प्रशासन को जैसे कि ना कोई कार्रवाई करने का ऊपर से आदेश दे दिया कि तो कोई कार्रवाई नहीं करना आपको प्राइवेट जैसे बशी से मेरा घर टूटा गया मेरी पत्नी को रोड पे निकाल के मारा गया इसकी इनकी चेन लुटी गई मेरा जो बेटा था उसके साथ मारपीट नाबालिग बच्चा है मेरा सोलह साल का उसके साथ रोड पे तो निकाल के मारपीट की गई उसके पैसे छीने गए मेरे घर में करीब करीब तो से तीस लाख रुपये मेरे संपत्ति में नुकसान करा यह पूरी घटना ढाई घंटे तक चलती थी पुलिस अधिकारी में डीजीपी से लेके एस से लेके कंट्रोल रूम से लेके हर अधिकारी को फोन किया गया लेकिन ढाई घंटे तक आगे था कि तो तुम लोग कितना भी डांडा करो पुलिस इनको बचाने नहीं आएगी आप इनसे पंजाब को जिंदा जलाओ मारो कुछ भी करो लेकिन तो बचाने नहीं आएगी और पुलिस ने बिल्कुल भी, भी अगर कुछ ही चाहती तो ये घटना को रोक सकती थी लेकिन पुलिस